आज दुनिया भर में हर खिलाड़ी चाहता है कि वह मेडलिस्ट बने एक जुनून के चलते वह चार साल तक कड़ी मेहनत करने से भी पीछे नहीं हटता उसका बस एक ही सपना होता है कि वह अपने देश का झंडा ओलंपिक पैलोडियम में लहराए लेकिन क्या आप जानते हैं खिलाड़ियों के मिलने वाले मेडल की क्या खासियत होती है गोल्ड मेडल में कितना गोल्ड होता है और कितना सिल्वर होता है ब्रॉन्ज मेडल किन किन मेडल से मिलकर बना होता है और इसकी कीमत कितनी होती है ऐसे ही सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे तो इस वीडियो को पूरा देखिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाली है दोस्तों आज आप जानते होंगे कि हाल ही में जापान के टोक्यो शहर में ओलंपिक हो रहे हैं जिसमें भारत की इकलौती दावेदार मणिपुर राज्य की मीराबाई ने वेटलिफ्टिंग में 202 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता है जो भारतीय इतिहास में अभी तक दूसरी जीत है। तो चलिए जानते हैं टोक्यो ओलंपिक में मिलने वाले गोल्ड मेडल्स के बारे में गोल्ड मेडल क्या आप जानते हैं कि गोल्ड मेडल में कितना गोल्ड होता है तो चलिए जानते हैं टोक्यो ओलंपिक में दिए जाने वाले मेडल का वजन पांच ग्राम होता है जिसमे केवल छह ग्राम ही सोना होता है और 550 550 ग्राम ग्राम चांदी चांदी से से बना होता है। इसमें बने मेडल पर ग्राम सोने की पॉलिश की जाती है आपको पता होना चाहिए कि सन 1912 में जो ओलंपिक हुए थे उनमें जो मेडल दिए गए थे वो प्योर गोल्ड से बने थे इन मेडल का व्यास कितना होता है आपको बता दें कि इस मेडल का व्यास 85 मिलीमीटर mm है इन मेडल की मोटाई कितनी होती है 7.7 मिलीमीटर mm होती है आपको बता दें कि मेडल का सबसे मोटा भाग 12.1 ट्वेल्व mm का होता है अब जानते हैं सिल्वर मेडल के बारे में सिल्वर मेडल यह प्योर सिल्वर का बना हुआ होता है इसका वजन 550 ग्राम होता है इसका व्यास 85 मिलीमीटर mm होता है इसकी मोटाई सेवन एम mm होती है इसकी सबसे मोटा भाग 12.1 पॉइंट mm होता है ब्रॉन्ज मेडल ब्रांज मेडल का डायमीटर मीटर यानी ब्यास एट्टी फाइव mm का होता है इसका वेट 450 ग्राम होता है इसमें 0.5 पॉइंट परसेंट टेन होता है और 2.5 परसेंट जस्ता होता है शेष 92.5 टू परसेंट कापर होता है ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए थैंक्स फॉर